राम राम राम का नहीं वो वो किसी किसी काम का नहीं। को तारा ने अत्याचारी असुरों को मारा राम ने एक पत्नी का व्रत धारा राम ने एक पत्नी का व्रत धारा राम ने रावण से दुष्ट को भी तारा राम ने को से से भी राम राम राम राम ने ने ने वचन वचन पिता पिता का का मिला मिला गले लगाया गए जो जो मिला उसको गले से लगाया केवट मिला केवट को गले लगाया पानर सबको गले लगाया कि जो भी मेरा गले से लगाया राम ने राम पाने के लिए ना धन चाहिए राम पाने के लिए ना धन चाहिए राम, राम को समझ ले वो मन चाहिए राम को समझ ले वो मन चाहिए पुण्य गंगा स्थान चार धाम का नहीं राम का नहीं राम का नहीं हो किसी काम का नहीं